थे दौलतमंदिर याद रोंद गई है इस गली कदे ना रुल दी पर रोल दी रोल दी रोल चार पांच दिन के बाद मदीने आए सफर पे गए हुए थे नब तो बिला कहने, कहने लगे जब घर जाके मैंने दरवाजे पे दस्तक जी सैदा आयशा सिदी का अंदर से बोली कौन है मैंने कम्मा जी गुलाम हूँ उस्मान मैं चार दिन के बाद आया हूँ तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है तो मत जनाबे तो कहने लगी उस्मान चार दिन हो गए के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई एक प्याला दूध का एक खजूर हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह तला पर्दे में नहीं चली जाती शेजादा शेजा तोड़े गए घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी हर चीज उठाई गुलाम करने लगा मुझे दे दो नौकर हैं घर में नहीं ये मेरी ड्यूटी है मैं नहीं करी थी जब उस्मान फूके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद ने पिया था उसने सालन पकाया फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले खाना पका के और दस्तर खान लगा के मस्जिद में हाजिर हो मामूबा अगर मेहरबानी करे तो घर नहीं आते तश्रीफ लाए पर हड्डा दबालन ते असी हाव तपाया कप कपियाे कीते उतो इश्क पलेन लाया तन दन दालन नबी तो तो पाग ने मुंह में रखा तो समान तड़प के रोए छे सो दिनार नीचे रखे यार सु मैंने दौलत को आग तो नहीं लगानी अगर तेरे काम में आए हजूर किस काम की ये जायदादें किस काम की अगर आपके घर में चार दिन खाना ना पके आशा सिद्दीका फरमाती हैं उस्मान तो चले गए ये कह के तो मेरे मुस्तफा ने फिर हाथ उठाए और ऐसी दुआ दी कि मैं तड़प उठी मैं रोने लगी जूर ने छोली उठा के अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं तू भी मेरे उस्मान से राजी हो